स्टोरी तो पोस्ट की थी एक साल पहले की चीज़ है वो लॉन्डे क्यों बौखला रहे हैं डीएम में चिल मारो यार एक साल पहले की बात है वो अब सीन अलग है इंडिया में स्किल्स बहुत हाई जा चुका है अब अब कंपटीशन अलग है अब सिर्फ कंसिस्टेंसी मैटर करती है जो कुछ प्लेयर्स हैं जो तो इंडिया में जो बहुत अच्छे कंसिस्टेंट है तो एक दो साल से सो यार ऐसा कुछ नहीं है मैं अपने को बेस्ट नहीं बोल रहा क्या बताए इनकी जो बेस्ट बन जाए सो चिल मारो रिलैक्स करो तो ठंडा लो यार